दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्लेटफॉर्म है, जिसकी एफिलेट प्लेट में आती है। प्लेट का नेम है कमीशन जंक्शन आपने बहुत सारी बार नेम सुना होगा कमीशन जंक्शन कमीशन जंक्शन एफिलियट प्लेटफॉर्म तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कमीशन जंक्शन पे काम करना है मैं सबसे पहले बता दू स्टूडेंट्स को या फिर जो एफिलियट मार्केटिंग करते हैं उनको कमीशन जंक्शन पे अकाउंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेकिन आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने जिस टाइप से अकाउंट बनाया है मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो प्रोसीजर पूरा मैं इस वीडियो में आपको डिलीवर करूंगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं बता दूं और मैं बता दू कमीशन जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो और एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमीशन जंक्शन वो कैसे कमीशन जंक्शन पर आपको अकाउंट बनाना है कैसे उस पर काम करना है सब कुछ हम बनवा डिस्कस करेंगे और अगर आप कमीशन जंक्शन की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो टाइप यस करना कमेंट में हम यहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट भी देंगे बस आप हमें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए चलिए स्टार्ट करते हैं जिस भी स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग एफिलेट मार्केटिंग एस यू एस फेसबुक गूगल एट Ads, इस टाइप से कोई भी पार्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग का या फुल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी कोर्स की पूरी डिटेल वहां पर प्रोवाइड कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कमीशन जंक्शन पर एफिलेट मार्केट स्टार्ट करनी है क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन तो चलते गूगल पे इस वाले अकाउंट से मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है मैं एक न्यू अकाउंट बनाता हूँ आपके सामने लाइव क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कमीशन जंक्शन पर अकाउंट क्रिएट करने में है। तो चलते हैं सीधे कमीशन जंक्शन पर सो मैं न्यू अकाउंट बना लेता हूँ सो so गाइस मैं गूगल पे आ गया हूँ गूगल पे आने के बाद आप सीजे एफिलियेट भी लिख सकते हो या फिर कमीशन जंक्शन एफिलियेट भी लिख सकते हो सो so, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कमीशन जंक्शन एफिलियट तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे कमीशन जंक्शन लिखा तो यहाँ पे आ गया है कमीशन जंक्शन एफिलियेट मार्केटिंग कंपनी तो आपको इस पर क्लिक करना है तो गाइस जैसे ही मैंने गूगल पर कमीशन जंक्शन सर्च किया मेरे सामने ये वेबसाइट आ रही ये इसका लोगो है कमीशन जंक्शन का और ये इसका होम पेज है आप डायरेक्ट एफिलियेट पे भी आ सकते हैं अभी मैं चलता हूँ होम पेज पर फिर वहां से हम चलेंगे एफिलेट पेज पर कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें देखना है पब्लिशर में लाइक यहां पे साइनअपे क्लिक करूंगा आपके सामने छोटी सी डिटेल आएगी सबसे पहले आप इसको फिल करते फिर आगे बताऊंगा कहां लोग फंसते हैं एक यहां पे टेक्स फॉर्म आता है वहां लोग फंस जाते हैं टेक्स्ट फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे आप इंग्लिश कर सकते हैं लैंग्वेज और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो अपनी कंट्री तो मैं यहाँ पे इंडिया वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जो लाइक वैसे सभी इंडिया से ही है तो आप इजिली यहाँ से, से चूज कर लो या फिर आपकी कंट्री से आप चूज कर लो जिस भी कंट्री से आप है फिर आप अपना ई एड्रेस चूज कर लो यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दो पासवर्ड दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड हम देते क्योंकि ये मेरा अकाउंट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं तो एक पासवर्ड हम यहाँ पर दे देते दे। हैं अदरवाइज मेरी बैंक डिटेल और सब कुछ मैंने ऑलरेडी सीजे प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है हम एक पासवर्ड दे देते हैं और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बाद आई एम नॉट अ रोबोट करते हैं और जैसे ही ये करते हैं वेरीफाई ईमेल होगा सबसे पहले आपको सबसे पहले ईमेल को वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं वेरीफाई ईमेल वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना अभी आपको ये इंटरफेस सिंपल लग रहा है जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बनाने की प्रोसेस में आगे चलूंगे आपको बहुत सारी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है सिर्फ वीडियो कम्प्लीट देखना है तो सबसे पहले चलते वेरीफाई करते हैं ई को सो मैंने अपने ई पे एक वेरिफिकेशन मेल भेज दिया जस्ट उसे चेक करते हैं फटाक से उसको वेरीफाई करते हैं और तो आप देख सकते हैं सीजी एफिलियेट का एक मेन मेरे पास आ चुका है ये बस आपको इसको कंफर्म कर लेना है सबसे पहले सबसे पहले कंफर्म कर लेना है जैसे ही आप कंफर्म कर लेते हैं आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं आप एक बार अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा मैं एक बार हमेशा सबसे कहता हूँ कि जिस भी एफिलियेट प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हैं आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ रहे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हुई है तो मैं इनको चेक करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है और यहाँ पर सबसे पहले ये इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आने के बाद देखो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें अभी ये देखो ये बटन हाइड आ रहा है तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है आपको और फिर क्लिक करने के बाद आपको कट कर देना है तो यहाँ पे एग्रीमेंट फिर आ जाएगा फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लें इस पर भी क्लिक करें आप क्लिक करने के बाद आपको एक बार इनको पढ़ लेना है जो भी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है पढ़ने के बाद इसको क्रॉस कर देना है और फिर यहाँ से एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना ये मैंने तीनों एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड अच्छे से एक बार ध्यान से इनको पढ़ लें फिर कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करें अभी कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बोलेगा तो आप यहाँ पर जो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वहाँ पर दिया है वो आप दे दें अरवाइज आपने सेव किया होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अरवाइज दिया है ई एड्रेस पासवर्ड वेरीफाईस वो आप यहाँ पे दे दें और लॉग कर लें मैं फिर से बता रहा हूँ की सीजी एफिलेट प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है बट थोड़ा सा यहाँ पे लाइक लॉग का और अकाउंट बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे गट पे क्लिक कर दे आपका टोटल यहाँ पे होगा और वो आप अपने अकाउंट में विद्रॉ कर सकते हैं तो अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे देंगे फिफ्थ स्टेप में बस यही स्टेप आपको कम्प्लीट करना थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट्स को मुस्किल लगता है तो मैं बताऊंगा कैसे इन स्टेप्स को कम्प्लीट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ तो स्टेप बाई स्टेप आप इसको देखते रहे अब सबसे पहले है यूजर ने इम्फॉर्मेशन सिंपल स्टेप आप आप इसको ऐड ऐड ऐड करें या सिंपली पर पर क्लिक क्लिक करने के बाद इस इंटरफ़ेस पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पेंसिल आपको दिखेगी ये देख सकते हो। इस पर क्लिक करना एक्चुअली ये बटन है तो इस क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी डिटेल फुलफिल कर देनी तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फिल कर देती है जैसे सिर्फ हम अपना नेम वगैरह डाल देना फोन नंबर डाल देना है और कुछ नहीं डालना है बस आपको ये सब एग्री कर लेना है और इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है ठीक है सो करते हैं हम सेव और जैसे ही आप सेव करोगे आपके पास ये आ जाएगा इस टाइप से आपका नेम फोन नंबर आ जाएगा आपका वेरिफाइड टाइप ऑपर यूजर इस टाइप से ये आपका सो लगेगा एडवर्टाइजर में ये सोनी लगेगा अकाउंट में ये सोनी लगेगा ये बाय डिफॉल्ट रहेगा बस आपको यहाँ पे नेम फोन नंबर अपना देना है तो वो आप दे देना और फिर देखो ऑनबोर्ड चेकलिस्ट आ रही है ऑनबोर्ड चेकलिस्ट पर क्लिक करना है जैसे ही आप ऑनबोर्ड चेकलिस्ट पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई हो गया है आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो गई है अब आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रोफाइल वेरीफाई करनी है इसके लिए आपको क्या करना है कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है अभी बताता हूं सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि आप कौन सी स्ट्रेटेजिस्ट को फॉलो करने वाले हैं फिलेट मार्केटिंग के लिए आपका क्या बिजनेस का गोल है आप ट्रैफिक कहां से लाएंगे ये सब लेके जितना अच्छा लिखूंगी वो आपके लिए बेनिफिट करेगा तो अभी के लिए मैं एक डेमो कंटेंट डाल देता हूँ मैंने अपने ब्लॉक से उठा के कंटेंट डाल दिया दे डेमो कंटेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मेरा ऑलरेडी अकाउंट है ठीक है तो एक डलाइक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल और एटलीस्ट ढाई सौ तक कॉस्ट में अभी टू फिफ्टी सेवन का डाल दिया है तो ढाई कैरेक्टर मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ आपको सेव कर देना है ठीक है सिंपली प्रोमोट करेंगे कहीं तो होगा प्रोमोट करने का जरिए आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू प्रोमोट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स के थ्रू वो आपको यहाँ पे प्रमोशनल मेथड बनाना होगा तो मैनेज प्रमोशनल प्रोपर्टी भी आपको क्लिक करना है आप इस इंटरफेस पहुंच जाते हैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखो और इस वीडियो को देखे क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्रिएट प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है जब आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के टाइप पूछे जाते हैं कि आप कैसे आखिर में कैसे एफिलेट प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले तो मैं वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करने वाला हूँ तो वेबसाइट की द्वारा लेकर दे रहे ठीक है मैं वेबसाइट की आर ले दे देता हूँ जस्ट अ सेकंड मैंने ये कंटेंट यही से उठाया था जो भी मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो कंटेंट लिया था बट आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन दिया था बहुत अच्छा देना है यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट दे दी है अब वेबसाइट देने के बाद आपको क्या करना है आप यहाँ पे बता सकते हैं प्रमोशनल गोल्स क्या है तो मैंने यहाँ पे कंटेंट और ब्लॉग वीडियो रख दिया है और आप थोड़े से लाइक नीचे जाएंगे तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे आप इजिली से अपना नेम डाल नेम ऑफ प्रॉपर्टी में आप जैसे आप अपना नेम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का सकते हैं। तो मैंने मैंने पे एग्जांपल के लिए डिजिटल डाल दिया दिया है है और दिस इज माय प्राइमरी प्रॉपर्टी कर दिया है। अगर नहीं देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे टैक्स देना चाहे तो आप टैक्स भी दे सकते हैं अब प्रमोशनल प्रॉपर्टी को सबमिट करने के बाद, बाद, कर बाद तो बहुत सारे स्टेप अप्रोक्स फोर स्टेप आपके कम्प्लीट हो चुके हैं मैं दिखाता हूँ ई मेल का हो चुका है इन्फॉर्मेशन हो चुकी है नेटवर्क हो चुका है प्रमोशनल एक्टिविटी हो चुकी है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो मैं बता दूंगा इसमें आपको ये लाइक आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने ये स्टेप सबसे इंपोर्टेंट है ये तो इजीली हो जाते हैं ये वाला स्टेप में सबसे ज्यादा लाइक स्टूडेंट फंसते हैं और प्रॉब्लम आती है कि कैसे आखिर में मैं करूं तो मैं बताता हूं सबमिट फॉर्म पे क्लिक जैसे आप सबमिट फॉर्म पे आते हो आप सामने तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा आप देख सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पे एडिट पर क्लिक करो ये वाले एडिट पर ठीक है यहाँ पर अपना एक बार आपको पासवर्ड मांगेगा आपका तो यहाँ आप पे अपना एक बार पासवर्ड दे दो सबमिट कर दो ठीक है सबमिट करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम मांगेगा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल सिंह और भाई जो आपकी वेबसाइट है ब्रांड का है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ने डालू एड्रेस मैं डाल देता हूँ अपना मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है पोस्टल कोड में डाल देता हूं अपना तो मैंने एक पोस्टल कोड डाल दिया और जो स्टाफ मार्क है वो इंपोर्टेंट है और जो नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो फैक्स वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैं छोड़ देता हूँ आप ये किस फॉर्मेट में चाहती है ये कर दो और इसको आप सिंपली सेव कर दो ये इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है टेक्स इंफॉर्मेशन जिसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं तो बताता हूँ क्या करना है टेस्ट इंफॉर्मेशन में एडिट पे बटन पे क्लिक करना है ये देखो एडिट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है Add के बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट देना है पासपोर्ट को देने के बाद आपके सामने एक टैक्स फॉर्म ओपन हो जाएगा अब इसमें तीन टाइप के फॉर्म आ रहे हैं देख सकते W9, W8, VN, W8, VN, e. तो आपको सेकंड वाला चूज करना है अगर आप नॉन यूएस आप इंडिया से है तो आप ये चूज कर रहे ठीक है इसके बाद तो डब्ल्यू एट वी एन चूज करने के बाद आपको सबसे पहले अपने नेम देना है फिर यहाँ पे आपको सिटीजनशिप देनी है तो मैं यहाँ इंडिया चूज कर लेता हूँ वेट मैंने यहाँ पे इंडिया चूज कर लिया है अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी इंडिया चूज कर लिया है जहां से आप वो आप चूज कर ले फिर यहाँ पे आपको एम पी चूज कर लेना है मैं एम से हूँ एक्चुअली मैं तो मैंने मध्य प्रदेश चूज कर लिया है आप जिस भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट यहाँ पे चूज कर लें और फिर ये मैंने दे दिया है और एक चीज याद रखें जो स्टार मार्क है उनको देना जरूरी है जिस पे स्टार मार्क नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं तो ये मैंने स्टार मार्क नहीं है उसको छोड़ दिया है यहाँ पे आइडेंटिफाई नंबर पर स्टार मार्क था तो मैंने देखो तो ये बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि देखो एक बात समझो पहले जब मेरा सीजे का अकाउंट था तब मेरे पास फॉरन टैक्स आइडेंटिफाई नंबर का एक ऑप्शन नहीं था अभी ये ऑप्शन मुझे देखने को मिला है तो मैंने क्या किया है मैंने 10 डिजिट का एक नंबर यहाँ पे डाल दिया है और मैंने सेव किया सक्सेसफुल अकाउंट भी बन गया है और प्रॉपर वर्क भी कर रहा है तो मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का यहाँ पे नंबर डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे ये यह भी बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करने सिग्नेचर में कुछ नहीं जो आपने इनिशियल लेवल पे नेम दिया था वही यहाँ पे देना है कुछ ना आपका स्मॉल कट लाइक डिफरेंस होना चाहिए ना कैपिटल बिल्कुल सेम जो नेम आपने वहाँ पे दिया था वही देना है और यहाँ पे सेव डब्ल्यू एट एटफॉर्म करना है जैसे आप फॉर्म यहाँ पे सेव कर दोगे आप देख सकते हो आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है ये आप देख सकते हो कंप्लीटेड है सबसे इंपोर्टेंट स्टेप आपकी सबसे पहले कंप्लीट हो चुकी है अब चलते हैं अकाउंट मैनेजर पर आप अकाउंट मैनेजर पे आते हो आपके पास फिर से ये इंटरफेस आ जाता है अब आप देख सकते हो बहुत सारी जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फुलफिल हो गई अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आती है अब पेमेंट में भी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है तो देखो यहाँ पे एट पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो अब देखो पेमेंट के लिए मैंने अपने अकाउंट ऑलरेडी लिंक किया बट मैं बता सकता हूँ कि आपको करना एक्चुअली में क्या है सो so, वेट करो एक सेकंड सारा कुछ फिल करने के बाद अब आता है पेमेंट की बारी क्योंकि पेमेंट तो देना जरूरी है क्योंकि फिर आपके पास अकाउंट पैसे कैसे आएंगे अकाउंट में तो एडिट पे क्लिक करना है और एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड फुल करना है सबमिट कर देना है ठीक है सो so... अभी आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा यहाँ से आप देख सकते हैं तो मैंने जीमेल ओपन कर लिया है और ये वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड और उसको हम वहां पर फुट कर देते हैं ये वन टाइम ओटीपी है तो लाइक like हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं वेरीफिकेशन कोड को एक मिनट ये मैंने पुट कर दिया सबमिट करना है तो मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दिया मेरे पास पेमेंट की इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप मिनिमम कितना अमाउंट सबसे पहले लाइक जैसे आपके अकाउंट में पचास डॉलर हो जाते हैं कि आप विदड्रॉ करना चाहते हो सौ डॉलर में विदड्रॉ करना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो मिनिमम पचास तो मैंने पचास डॉलर जैसे ही मेरे पचास डॉलर हो जाए मेरे अकाउंट में मेरा पेमेंट आया है तो मैंने यहाँ पे कर दिया है वहां पर आप जो भी करेंसी रखना चाहते हो रख मैं तो मेनली यूएस डॉलर ही रखता हूँ तो मैंने यूएस डॉलर रख दिया आपको जो भी करंसी यहाँ पे रखनी है रख सकते हो अकाउंट टाइप में आप चेकिंग ले लो या फिर सेविंग ले लो दोनों एक ही जैसे आप कोई कोई भी ले लो ऑप्शन में चेंज नहीं है अभी बहुत सारे स्टूडेंट इस पर जाते हैं राउटिंग, तो है है, है, है, है, है, राउटिंग नंबर ये क्या होता है तो आपका जैसे अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में या फिर बैंक ऑफ इंडिया में सो मैं सर्च करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया राउटिंग नंबर ठीक है तो जैसे ही मैंने बैंक ऑफ इंडिया आउटिंग नंबर चूज किया तो आपको यहाँ पे आउटिंग नंबर मिल जाएगा जैसे कि पे देख सकते हैं of of गया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे बस ये आपको पे पुट करना है और अपनी बैंक की डिटेल डालनी मैंने अपने बैंक की डिटेल ऑलरेडी मेरे अकाउंट में डाल दिए तो अभी मैं बैंक की डिटेल नहीं डाल रहा हूँ बट आप डाल कुछ ही नहीं बैंक की डिटेल में एक राउटिंग नंबर डालना जो आपको गूगल से मिल गया है आपका अकाउंट का नंबर आपको बताऊंगा क्या है तो वो अपने अकाउंट का नंबर डालना है बैंक का नेम डालना है बैंक का नेम जो आपका है वो आप डाल दें अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी आ बैंक का, का नेम में जैसे आपका नेम है, बेंक, बेंक के नेम का, इंडिया, रहती है उसको और बताते हैं और आपका सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम आती है लास्ट स्टेप को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं तो जैसे ही आप ये सब कर लेते हो आपके सामने सारा कुछ हो जाता है पेमेंट तो आप डाल ही सकते हो बैंक नेम नंबर डालना है अब ये आता है आंसर आंसर ना आंसर नाव में आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या चूज करो यहाँ पे आप देखो पढ़ लो जो भी आपको लगता है मैं लाइक like, आप इसके थ्रो नोट करना चाहते हैं नो कर देते हैं और ट्रैफिक कन्वर्सन ब्राउजर यस कर देते हैं इसको डू यू रन बर्क ऑन मल्टीपल सेपरेट यस और इसको यस ठीक है और आप इसके सबमिट कर दो आंसर्स अभी आपके पास सारे हैं है, चेक, चेक, चेक, चेक, चेक, और फुलफिल हो गया है जैसे आप डाल और एक्टिव अकाउंट कोई आप बस इसमें सिंपली बैंक अकाउंट नंबर डालें और अपना अकाउंट एक्टिव कर लें और फिर आप यहाँ पर सीजे से एफिलेट मार्केटिंग करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको सीजे की पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर देना हम सीजे एफिलेट मार्केटिंग पूरी डिटेल में बहुत सारे आइडिया में आने लगे और काम करना आप कर देंगे। बहुत अच्छा पावरफुल प्लेटफॉर्म है थैंक यूकू वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो